करते रहना चाहिए क्या यह सेटिंग है कहा मिलेगी कैसे उसको यूज़ करेंगे? आगे आपको बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिशन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरा नाम सनी अ स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेकमो दोस्तों जैसा कि उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेसी सेटिंग जो कि आपको अपने सैमसंग गलेक्सी में करनी चाहिए तो उसके लिए जाना है यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ जाएंगे आपको यहाँ पर मिलेगा एप्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उसमें जाना है उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमिशन मैनेजर का आप देख रहे होंगे तो आपको इसके अंदर जाना है आप चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो बैक आएंगे आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का तो इसके बाद आपको एक जगह और ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी प्राइवेसी का आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर भी आपको मिल जाएगा प्राइवेसी मैनेजर का ऑप्शन आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको प्राइवेसी मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी में जाएंगे प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहां पर प्राइवेसी मैनेजर का ऑप्शन आपको मिल रहा है आपको इसके अंदर चले जाना है तो अब ये क्या काम करेगा दोस्तों मेन चीज़ ये है यहाँ पर ये आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ की जो परमिशन है कितनी ऐप्स आपकी ले रही हैं और उन एप्स को रिक्वायरमेंट है या नहीं या फालतू की आपकी एक्सेस कर रही हो और आपको स्पाइ कर रही है या फिर आपका डाटा वहाँ पर कलेक्ट कर रही है तो ये आपको देखना है तो लाइक हमें देखना है कैमरा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैमरा फोर्टी नाइन कैमरा एक्सेस कर रही है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी ऐप्स के नाम मिल जाएंगे तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कर रखा है अलाउड ऑल टाइम तो कर ही नहीं रखा अगर आपके पास अलाउड ऑल टाइम में सब दिख रहे हैं तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है जैसे कि यहाँ पर सबसे मिल रहा है नाइन्टी एयर एक्सेस तो ये क्यों कर रहा है तो मैंने इसको डोंट अलाउ कर दिया ताकि ये बैकग्राउंड में भी यूज़ ना हो तो आपको उन ऐप्स को देख लेना है जिन ऐप को कैमरा का एक्सेस का काम ही नहीं है क्यों कैमरा एक्सेस कर रही हैं तो आपको उन ऐप को सबको कैमरा एक्सेस को ऑफ कर देना है ताकि आपका यहाँ पर जो प्राइवेसी है मेंटेन हो और बैकग्राउंड में कैमरा रन ना हो आपका कोई भी डेटा वहाँ पर कलेक्ट ना हो कोई वीडियो रिकॉर्ड ना हो तो ये सब चीज से आपको बचना चाहिए और सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस को लाइक क्रॉम क्यों कर रहा है क्रॉम की क्या, क्या ज़रूरत है तो आप उसको अलाउड ऑफ़ कर दीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जिस ऐप को लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है तो लाइक ये मैसेज क्यों कर रही है तो आपको भी यहां से भी डोंट एलाउट कर दो ठीक है तो ये सब चीज़ों को आपको यहां से डोंट एलाउट कर देना है जितनी भी ऐप्स आपको लगती हैं जो फालतू की हैं और क्यों ले रही हैं तो सबको आपको यहां पर चेक करना है और कुछ ऐप ऐसे अलग लगती हैं तो आप उसको हटा ही दीजिए ये हो गया यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है यहाँ पर आएँगे यहाँ पर आने के बाद आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे लाइक यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे जो मेन बताने वाला हूँ और आपको मिलेगा लोकेशन का कैमरा और लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो लोकेशन कौन कौन सी आपकी ले रही है ऑल टाइम एंड्रॉयड सिस्टम ले रहा है बिकसी वॉइस ले रहा है गलेक्सी ले रही है और गूगल को दे रखा है अब मैंने नहीं चाहता कि मैं गूगल को दूँ तो मैंने यहाँ पर कर दिया डोंट अलाउ ठीक है तो अब ये मेरा डेटा यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएगी ऐसे ही ये किन किन को मैंने यहाँ पर अलाउ कर रखा है इनको भी सबको मैंने यहाँ से डिनई कर दिया ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी आपको लग रहा है यार ये क्या सिक्योरिटी करेगी बट ये बैकग्राउंड में रन होता है तो डेटा कलेक्ट करता है भाई जहाँ डेटा कलेक्ट होता है ना फिर वहाँ दिक्कत ज़्यादा रहती है तो आपको इन सबको यहाँ से अलाउड अन कर देना है लोकेशन तो हो गई कैमरा हो गया इसके बाद आपको मिलेगा पीछे माइक वाला ऑप्शन जो कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो नीचे की तरफ आएँगे माइक वाला ऑप्शन ये रहा माइक्रोफोन तो अब आपको माइक्रोफोन को भी देखना है कि कौन कौन सी डेटा आपकी माइक्रोफोन आवाज़ रिकॉर्ड कर सकती है तो आपको उसको भी यहाँ पर डाउट अलाउड पर कर देना है मेरे ऑलरेडी यहाँ पर अलाउड नहीं है और फिर भी आपको सबको डाउन अलाउड में कर देना है जिनको लगता है कि इनको अलाउड इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तो उन सबको ऐप को आपको वहाँ पर हटा देना है ताकि वो बैकग्राउंड में डेटा को एक्सेस ही ना कर पाए या फिर बोल सकते हैं आपकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग ना कर पाए ये चीज़ें आपको हटा देनी है उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे आपको फ़ोन का भी देखना है कि कोई फ़ोन एक्सेस ना कर पाए तो फ़ोन में जाएंगे तो फ़ोन का एक्सेस कुन किन ऐप्स के पास है वो भी वहाँ पर आप हटा दीजिए लाइक अमेजोन को ज़रूरत नहीं है ये क्यों कर Contact है डायरेक्ट कॉल इमरजेंसी फेसबुक की ज़रूरत नहीं है तो फ़ेसबुक क्यों कर रहा है भाई ये आपको सबको आइडेंटिफाई करना है मैसेज को जरूरत नहीं है तो मैसेज क्यों कर रही है भाई कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन मैसेज को यहां पे ज़रूरत नहीं है तो क्यों कर रही है ये सब चीज़ों को आपको यहां से चेक करते रहना है कि भाई क्यों कर रहे हो तो भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो तो तो बैकग्राउंड में ऐसे जिससे आपका डेटा का लॉस होता है ठीक है ये तो हो गया आपने सबकी परमिशन देख ली और भी यहाँ पर परमिशंस हैं तो आपको जो जो सी एप्स की परमिशन देखना है सबको यहाँ पर आपको चेक कर लीजिए और सबको वहाँ से रिमूव कर दीजिए मान लो मैंने कोई भी मैसेज में से मान लो मैंने उसको मैसेज की रिक्वेस्ट हटा दिया अब उसको कैमरे की एक्सेस देना है तो अगर आप यहाँ कैमरे पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपसे पूछेगा भाई ऑनली फॉर दिस टाइम या वाइल्ड यूजिंग दिस ऐप तो आप वाइल्ड यूजिंग दिस ऐप भी कर सकते हैं और ओनली फॉर दिस टाइम भी कर सकते हैं कि जब भी बस मैं इस ऐप को यूज़ करूँ तो ही उस जब भी मैं इस ऐप को यूज़ करूँ तो ही उसके पास एक्सेस रहे उसके अलावा उसका एक्सेस ना रहे तो इस तरीके से भी आप अपने डाटा को यहाँ पर सेव कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डाटा उसी के थ्रू एक्सेस होता है तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए और सारी सेटिंग्स से या बोल सकते हैं सारी परमिशन को आपको मैनेजर करना है या बोल सकते हैं सारी परमिशन को आपको चेक करना है और उसके बाद ही आपको परमिशन वहाँ पर देना है तो यही है था आज की वीडियो में दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू एक चीज़ और है इसमें सैम एस वाले ओटीपी से भी बहुत कुछ हो जाता है तो आपको एसएमएस का भी देखना है कि कौन कौन सी ऐप या एम एस को एक्सेस कर रही हैं ताकि कोई भी ओटीपी आए डायरेक्ट वो एक्सेस कर ले तो आपको उसको सबको यहाँ से डिनाई कर देना है ताकि आप यहाँ पर फ्रॉड से बच सकते हैं तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो मुझे डिसाई कर सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डी करके ही पूछ सकते हैं और सबसे जरूरी चीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज या चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिटीफिकेशन बेलाइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलकर रहे और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फसबुक फॉलो करना भी ना बोले लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू दोस्तों